सारी रात आहे भरता पल पल यादों में मरता माने ना मेरी मन मेरा थोड़े थोड़े होश मद होशी सी है नींद बेहोशी सी है जान ना कुछ भी मन मेरा गभी मेरा था पर अब बेगाना है बेगाना बेगाना ना